तो आज के ड्राफ्ट से कहानी बदल चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे रोमन रिन्स पॉलिमन सोलो सिकवा हैं, वो अलग ब्रांड पर ड्राफ्ट हो चुके हैं और आज के मंडे आई मीन मंडे नैट कह रहा हूँ आज के स्मैटन के शो में अनडिसड टैग टीम चैंपियनशिप का रीमैच भी था जो कि ऊसो उस उसके हाथ में था कि क्या वो अपनी चैम्पियनशिप्स को वापस ले सकते हैं तो इस मैच में आ हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मतलब अगर मैच की बात तो भाई आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफ़ी बढ़िया मैच इन्होंने डिलीवर किया होगा और वही हुआ दोनों टैक्स दोनों टैग टीम्स ने जी जान लगा दी काफी बढ़िया मैच था और एंड में होता क्या जो हमारे केविन केविन वो स्टनर मारते हैं, हैं सैमी सैमी हैं, टैग देते को, को अपनी अपनी लगाते और और उसके बाद हमारे उन्होंने कर लिया अपनी टीम को रिटेन और पता है ना क्या ही होगा, अब तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार देखने के लिए कि हाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं बाकी आई थिंक आप लोगों ने ड्राफ्ट देखा होगा नहीं देखा होगा तो उससे पहले मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ आई मीन ढालूंगा अभी डाली नहीं है जहाँ पर मैंने वहाँ पर सारी ड्राफ्ट की पिक्स बताई हैं कि हुआ क्या है बाकी आप लोग जो भी सोचते हो मेरी इन सभी बातों के बारे में उसके बारे में आप सभी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं सो वेल मेरी जो की वीडियो थी वो भी तक कि देर तो लाके मत जाना चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे सो वी वी सी माए नेक्स्ट वीडियो बाय